झारखंड सरकार के एक निर्णय के विरोध में परासिया में जैन समाज ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है जैन तीर्थ स्थल संवेदन शिखर क्षेत्र में जैन समाज की आस्था है और तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर जैन समाज में रोष है परासिया में श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति और जैन युवा संघ चांदा मेटा ने झारखण्ड सरकार के एक निर्णय के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम एस को ज्ञापन सौंपते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग की है झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल संवेद शिखर क्षेत्र को वहां की मौजूदा सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है उस तीर्थ स्थल पर संपूर्ण जैन संप्रदाय की गहरी आस्था है और पर्यटन स्थल घोषित होने से तीर्थ क्षेत्र में लगातार धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किए जाने की संभावना बनी रहेगी तीर्थ क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा पर्यटन स्थल होने के नाम पर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे संपूर्ण देश में जैन संप्रदाय आक्रोशित है